राइस मयनमार में मौजूद यह प्राचीन स्वर्ण पत्थर एक ढलान पर करीबन 1200 सालों से रहस्यमय रूप से टिका हुआ है और हैरानी की बात यह है कि पत्थर बड़े से बड़े से आंधी तूफान में भी ना तो कभी हिलता है और ना ही कभी गिरता है जी हाँ दोस्तों 1100 मीटर की ऊंचाई पर टिके इस पत्थर पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता असल में लोगों का मानना है की ग्यारहवीं सदी में एक बोध भिक्षु ने भगवान बुद्ध के बालों के सहारे इस पत्थर को ढलान पर टिका दिया था। और मान्यता यह भी है कि कोई महिला ही इस पत्थर को इस जगह से हिला सकती है या नीचे गिरा सकती है इस वजह से महिलाओं को इस पत्थर को छूने से रोका जाता है और वो सिर्फ दूर से ही इसे देख सकती हैं। वैसे इस पत्थर के पीछे का रहस्य अब तक कोई नहीं समझ पाया और साइंटिस्ट के लिए भी आज तक ये राज ही बना हुआ है लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी मोर वीडियो के लिए फॉलो करे